फोटो भाई बहुत हो गया bol raha hai bhai oo bitte do bitte do bhai bitte ye kar do ala are bhag raha hai bhag raha hai bhai तो भाई। अबे अरे इन करवाई तू भी मेरा मर जाएगा दे तू अभी भी आलोक चल रही है में अभी भी पब्लिक आलोक में ये सब नहीं मारेंगे सब नहीं मारेंगे सारा बेइज्जती हो जाएगी लाइक नहीं कर रहे तुम। एल बी फोर्टी का दिखाते थोड़ा मार मार दो क्या? साले, साले साले ले, ले, रहा। में से वन्छट, वन्छट। वन्छट। ओ में भी वन शॉट लग रहा है मेरा आज सब क्या हो रहा है भाई? आज कल कल लो बड़ा बनेगा आज अच्छा हेड लग रहा है कल तो अबे अबे सारे ओए ये ये क्या था नहीं कर कैसे जल्दी लाइक लाइक तो गया तो मैं गुलवल अच्छा नहीं देख हैीरा मेरा लग रहा देख? में प्रॉब्लम होता है भाई वॉइस सोचती जरा अपने आप ही हो जाता है अगर रियल वाइफ आ जाएगा तो फ़ोन में अभी बोलने के रे को देख सकते हो बात हुआ उसको उतना बस स्नाइपर में बोल रहे थे अटक गया भाई उसको तो भाई बहुत हो गया मतलब तरीके से की बस बन के आया भाई